और कुछ क्या उसी ने दुश्मनों को रखा हुआ है उसी ने दुश्मनों को बबर रखा हुआ है ये तूने जिसको अपना घर रखा हुआ उसी भाई क्या अच्छा मतलब हुआ है बाबर रखा हुआ है ये तूने जिसको अपना कह के घर रखा हुआ है मैं पागल तो नहीं जो उससे मैं तनखा माऊ यही काफी है उसने काम पर रखा हुआ है जिंदाबाद तहजीब जिंदाबाद तो नहीं जो उससे मैं तनख्वाह मांगू यही काफी है उसने काम पर रखा हुआ है